भी बिगड़ नहीं सकते इतना बुरा सुधर कर आया हूं अजी गलती से भी बिगड़ नहीं सकते इतना बुरा सुधर कर आया हूं और किसी का बुरा तो मैं भी कर लेता पर क्या करू बुरे वक्त से गुजर के आया हूं